जोग जोग जोग जोग ये, ये क्या हिलाती रहे। जोग जोग जोग जोग बैठ जा लेट लेट लेट रिलैक्स देखो मैं अभी के जाने दो हथी लगा दूंगी हाँ। अरे इस वक्त साहब हम आपको हथ कड़ी लगाएंगे इसके बाद तुम्हारे चार सौ पार्टनर है ना उनको पुलिस की हथ कड़ी लगाएंगे समझी देखो मैं कहूँ जिस तरह पार्टी में वहां मकान तोड़ा था ना उसी तरह तुम्हारा ये पूरा डिपार्टमेंट हम तोड़ के रख देंगे समझे बात करती पर... है कौन कह रहा है हम तो खाने के लिए कह रहा है आप लोगों के यहाँ तो पानी नलके से आता है हमारे यहाँ पानी छत से आता है पानी पड़ जाने की वजह से खाना आकाशवाणी का पंचमती कार्यक्रम विविध भारती है तो, तो, अब हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं स्वामी सेवानंद जी को तो जो आपको योगा के अलग अलग आसन करने के तरीके बताएंगे हाँ अरे आज तो खान भदत बाबूची अंडा पकाने का नया तरीका बताने वाले थे टाइम हो गया क्या हाँ हो गया आज लतीफ भाई और हनी भाई आपको फ्रेंच ऑमलेट बनाने के नए नए नुस्खे बताएंगे लतीफ भाई और हनी भाई का सुनने ऑमलेट बनाने का सारा सामान तैयार है तैयार है। सबसे पहले ठीली जीली हाँ तो एक चम्मच घी डाल लिए अब आप एक प्याज साथ में नमक मिर्च और मसाले ध्यान रखे से क्या करना है? अब आप एक टांग पर खड़े होकर कूदिये क्योंकि तंदुरुस्ती के लिए बहुत ही जरूरी है अब आप जाइए। आपके हाथ में अंडा है।, है आप इसे जमीन पर बिछा कर उस पर पद्मासन लगाइए। पद्मासन लगाइए पद्मासन के लिए सबसे पहले आप बैठ जाइए बैठ जाते हैं अब चौकड़ी मारिए हाथों को भूतलों पर रख दीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए अब आप इसे धीमी आंच पर दीजिए। जी हाँ, बहुत जरूरी है। है। पूरा हो चुका आगे क्या करना है ध्यान से सुनिए चूझा से निकला अब आप एक हरी मिर्च लीजिए जी मुंह खोलिए जुबान बाहर निकालिए और हरी मिर्च को उसमें डाल दीजिए अच्छे स्वाद के लिए ये बहुत ज़रूरी स्वादी अब आप जमीन पर लेट जाइए धीरे धीरे लेट जाइए अब अपनी टांग उठाइए टांग उठा लीजिए आप दाई टांग दोनों टांग अपनी दोनों टांगों से प्याज ले लीजिए जी हाँ एक प्याज ले लो अब आप हनीप भाई से सुनिए कि आपको आगे क्या करना है और उसे जमीन पर रखकर उस पर जोर से घूसा मारिए और घुसा मारने के बाद प्याज को फ्राइंग पैन में डाल दीजिए और लाल होने तक उसका इंतजार कीजिए अब आप खड़े हो जाइए घुटनों पर हाथ रखिए पेट अंदर कीजिए अंदर और जोर से सांस सास लीजिएगा बिल्कुल नहीं ऐसी हालत में डुलना स्वास्थ्य के लिए नुकसान देह अब दूसरा अंडा लीजिए और उसे तोड़कर फ्राइन पैन में डाल दीजिए तो तो, तो तोड़। अब आप सर के बल खड़े हो जाइए जी हाँ सर, सर के बल सर के बल खड़े हो जाइए हो जाए धीरे धीरे खड़े धीरे धीरे अपने आमलेट को पक आपको तो दिखाई दे रहा होगा तो कैसा तो लगा बनाए तो इसकी फर्स्ट क्लास बन रहा है अच्छा बन रहा है ना इतनी मेहनत के बाद अच्छा नहीं होगा तो और क्या होगा अब अपनी टांगे नीचे कीजिए धीरे धीरे खड़े हो जाइए धीरे से अब जमीन पर बैठ जाइए फिर से जमीन पर बैठने के बाद अपना पांव उठाकर अपनी हाँ। गर्दन में डालिए आराम से जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं आप दायां पांव वैसे ही गर्दन में डालिए हरे प्लेट का मसाल क्या हो गया लाजवाब है मिसाल है हमारे मुल्क लोगो ने लोगों ने किया हैं हाँ चोड़ा, जा, जा, में अभी चाबी चाबी चाबी चाबी गई गई लॉक लॉक खोल खोल दो मेरा भी छोटे प्लीज अरे अरे भाने अरे भाने जनाब हाँ आपकी खुद की टांगे आपके गले में आ गई इसके बारे में आपका क्या ख्याल है मैं बहुत बुरा ख्याल है अरे अरे आधा बच आधा बच अरे बचाओ बचाओ रानी बचाओ बचाओ अरे बचाओ बचाओ, बचाओ।, बचाओ। अल्लाह अल्ला भागने की कोशिश मत करना वरना ये अल्लाह रखा जो है तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ देगा हाँ आप जरा यहाँ आइए और इस उलझे हुए शरीर को जरा सुलझाइए आइए आइए आइए गर्दन पीठ और टांग हो गई है आप, आपका फ्रेंच आमलेट बनकर तैयार हो चुका है इसे खाइए और हमें लड़की। हाँ। वो हमारी फ्लाइंग रानी टच करने का टाइम हो गया है हम जरा वहां जाके आते हैं और जब हम लौटे तो यहाँ एक बस ऑमलेट चाहिए समझा मेरे भाई जरा इस लड़की पर ध्यान रखना हा बहुत चालू चीज है मत अरे गाड़ी जब से से पास होती ना तो गरीब लोगों के घर हैं। मैं अभी अभी वो शिरडी आया हूं। मन्नत मांगने गया था। अब मुझे अभी पता चला कि एक बार तुझे जबरदस्ती उठा ले आया जबरदस्ती कोई फैसला हो जाता है तुम जाओ बेटा जाओ